लंबे समय से बंद पड़ी ओपनकास्ट कोयला माइंस में युवक का शव मिलने से हड़कम मच गया युवक की मौत किन कारणों से हुई इसका पता अभी नहीं चल पाया है मृतक युवक का नाम संदीप सलाम है ये सात मई से अपने घर से लापता था संदीप की मौत के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है वहीं इस घटना के बाद डब्ल्यू सी प्रबंधन की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं बता दें ओपन कोयला खदान पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है ऐसे में अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं